सिंगरौली के ग्राम पंचायत पराई में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हुआ इन तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन नव निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता वर्धन के लिए किया गया था जिसमें तेरह ग्राम पंचायतों के प्रतिभागी सम्मिलित हुए चित्रंगी के ग्राम पंचायत पराई पंचायत भवन में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया यह प्रशिक्षण महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान जबलपुर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया जिसमें प्रत्येक ग्राम से सरपंच सचिव ग्राम रोजगार सहायक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एन आशा कार्यकर्ता स्वच्छता ग्राही स्वच्छ सहाय समूह सदस्य कुल दस प्रतिभागी शामिल हुए आयोजित सेक्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम में सेक्टर मास्टर के रूप में रुक्मणी द्विवेदी एवं मन प्रसाद तिवारी के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया वही इस प्रशिक्षण क्लस्टर में कुल तेरह पंचायत के प्रतिभागी शामिल रहे यहाँ ग्राम पंचायतों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है और इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने ग्राम विकास योजना जब बनाते हैं तो उसमें सभी हमारे जो ग्राम की आवश्यक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो किसी भी आवश्यक आवश्यकता जो है तो उसकी बिंदु कोई बिंदु छूटे न इसलिए हम ए ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों का प्रशिक्षण रखा गया है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें